भोपाल के एल एन ग्रुप ने चौबीसवा स्थापना दिवस एवं कलचुरी गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जिसमें कलार समाज के वरिष्ठ लोग और नव निर्वाचित महापौर पार्षद के साथ नई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया इस दौरान एल सिटी ग्रुप के संस्थापक जयनारायण चौकसे ने कहा कि यह सभी कलार समाज के लोगों का सम्मान समारोह है आयोजन के माध्यम से कलार समाज का सम्मान गौरव का विषय है एलएनसीटी ग्रुप ने चौबीसवा स्थापना दिवस एवं कलचुरी गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि भोपाल महापौर मालती राय विधायक रामेश्वर शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे कलचुरी सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों का सम्मान किया गया इसके साथ ही कलार समाज की नई प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा यहाँ पे सम्मान हुआ है और जब मैं पहले बहुत ही स्टेट लेवल पे जब मैंने मेडल लिया था तब कलार समाज ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया था कि आप नेशनल में मेडल आई है तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला उससे एंड उससे मैं आगे बढ़ी एंड फिर इंटरनेशनल में मेरा मेडल आया तो मैं काफ़ी खुश हूँ ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उनको और आगे जाने की मिलती है कि हम और आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो प्रोत्साहन काफ़ी अच्छा है कलार समाज का कि आप जो भी करें अपना दिल लगाकर करें और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए एंड एक्सेल आप जिस में भी फील्ड में भी हैं हाँ मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रही हूँ इजिप्ट में जो कि नेक्स्ट मंथ है और वो भी इस साल का मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होगा मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि वरिष्ठ नागरिक मंच कला समाज भोपाल ने जो ये आयोजन रखा है इससे हमारे समाज में जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं जो हमारे समाज का गौरव बढ़ा रही है, उनको एक बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे समाज द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रमों से और दूसरे समाज के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस समाज की एक सदस्य हूँ और मैं बहुत ज्यादा सम्मान की नजरों से देखती हूँ कि ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है इससे सभी पार्षद को विद्यार्थियों को आगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलेगा इस मौके पर सिटी ग्रुप के संस्थापक सिस्थापक जयनारायण चौकसे ने कहा कि यह आयोजन कलार समाज की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए रखा गया है कलार समाज आगे बढ़े और समाज में अपना नया स्थान बनाए उन्होंने बताया की एल सिटी समूह हमेशा कलार समाज को आगे बढ़ने में मदद करता आया है आगे भी इसी तरह समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा आयोजन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने एल ग्रुप की सराहना की उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इसके लिए बधाई का पात्र है। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने एल ग्रुप की जमकर तारीफ की और कहा कि यह केवल कलचुरी समाज का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे हिंदुओं का कार्यक्रम है उन्होंने संस्थापक जयनारायण चौकसी के कार्यो की भी सराहना की वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज भोपाल द्वारा उनके स्थापना दिवस पर आज पूरे प्रदेश के जितने भी निर्वाचित पार्षद महा, महापौर जिलाध्यक्ष उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम किया गया है उसके साथ साथ प्रतिभावान छात्रों को उन बुजुर्ग हस्तियों का और भूतपूर्व वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्षों का इन सबके स्वागत का कार्यक्रम रखा रखें यह स्वागत का उद्देश्य मात इतना है कि हम समाज के उन लोगों को जिन्होंने समाज में कुछ ए, अपनी सेवाएं दी हैं या समाज को कुछ नाम दिया है हम उनको सम्मानित कर सकें ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कल्चर समाज हमेशा ऐसा प्रयास करता रहा है कि वो अपने साथ साथ समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहता, रहता है और कल्चरी समाज में विशेषता ये है कि वो सबको साथ लेकर चलता है ये कलार समाज की विशेषता है कलार समाज के वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा समाज के पूरे प्रदेश के इन चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनका सम्मान कार्यक्रम हुआ और उसी के साथ मंच का आज स्थापना दिवस भी था निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम समाज के उन व्यक्तियों को की हौसला अफजाही करते हैं जिन्होंने समाज में विशिष्ट स्थान पाया है आज सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ और ये भी संकल्प लिया गया कि सभी जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी विचार से हो, इस मध्य प्रदेश के स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के काम में सभी लोग लगेंगे और हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाएं इसका संकल्प लेंगे